तो फ्रेंड्स कैसे आप सब तो आई होप कि ठीक होंगे तो फ्रेंड्स वगैरह है अपने नए वीडियो पे तो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताने वाला हूँ यूट्यूब से सब्सक्राइ फ्री में सब्सक्राइबर कैसे गेन करें अगर आप यूट्यूबर होंगे तो आपका यूट्यूब का सब्सक्राइबर बहुत स्लो बढ़ रहा होगा अगर आप नए यूट्यूबर होंगे तो फ्रेंड्स में भी एक नया यूटूबर ही हूँ तो फ्रेंड्स में जो अपना एक्सपीरियंस हो आपका साथ शेयर करने वाला हूँ तो फ्री में सब्सक्राइबर कैसे गेन करें तो इसके लिए हमें एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो उसे हमें प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है तो फ्रेंड्स एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं वरना प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहां पे प्ले स्टोर पर आपको टाइप करना है चैट टीब चैट टीब चैट ट्यूब आपको सर्च करना है और चैट ट्यूब सर्च करने के बाद आपको कुछ इस तरह के एक एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा सीटी टी बोल के और इसको डाउनलोड करना है और मैं इंस्टॉल कर ले रहा हूँ तो फ्रेंड्स आप भी इंस्टॉल कर लीजिएगा तो फ्रेंड्स जब तक इंस्टॉल होता है तो फ्रेंड्स मेरा ये इंस्टॉल हो चुका है देख सकते हैं आप तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके मज़ेदार वीडियो पाने के लिए तो फ्रेंड्स मेरा ये इंस्टॉल हो चुका है और उसके बाद इसको ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा और अलाउ कर देना है और यहाँ पे योर चैनल बोल के आएगा तो यहाँ पे आपके चैनल का नाम मार देना है और ये देखिए मेरा चैनल आ चुका है तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को क्लिक कर लेना है और यहाँ पे गो टू क्रिएट पे मार देना है और फ्रेंड्स उसके बाद आपको अपना चैनल का लिंक कॉपी कर लेना है तो फ्रेंड्स मैं अपना चैनल का लिंक कॉपी कर लेता हूँ तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे चला जा रहा हूँ और यहाँ पे जाने के बाद योर चैनल पे विज़िट करना है और लास्ट में से स्कोर करते हुए अबाउट पे आ जाना है और यहाँ से अपने चैनल का लिंक कॉपी कर लेना है ऐसे और लिंक कॉपीड बोल के ऐसे आ जाएगा उसके बाद हमें और कुछ नहीं करना सिर्फ तो कर देना है अपने चैट ट्यूब पे और यहाँ पे कुछ लोड हो रहा है तो उसके और चैट ट्यूब खुल जाने के बाद हमें यहाँ पे इंडिया पे क्लिक कर लेना है और इंडिया पे क्लिक करने के बाद हमारे यहाँ पे क्लिक करना है और ये नहीं हो रहा है तो हमारा ये ऑनलाइन है एट नीचे वाला तो ये दो भाई ऑनलाइन है तो इनको हम दे के देखते हैं हमारा इट को कैंसिल कर देना है और हमें चैन कर लू टेस्ट करके इन्होंने को शेयर कर देना है तो फिर उसमें फास्ट लिख के भेज और इसने भी अपने चैनल को लिंक भेजा हुआ है और आप देख सकते हैं कितना फास्ट फास्ट तो इसके चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और इसके चैनल का सब्सक्राइब करके और इस्क्रीन शॉट मार के और शेयर कर देना है इसी के चैनल पे और इसको शेयर करने के बाद भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं और इसी तरीके के आप भी चैटिंग कर कर के ऑनलाइन अपना या सब्सक्राइबर बना सकते हैं तो फ्रेंड्स थैंक यू मिलते हैं अगले वीडियो पे तब तक ले जय हिंद जय भारत थैंक यू फ्रेंड्स बाय एवरी